प्रिय दर्शकों नमस्कार 18 जून 2019 को बुध देव मेष राशि से वृषभ राशि में आने वाले हैं तो कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर इस पर हम चर्चा करेंगे साथ ही बुध के इस गोचर को और कैसे प्रभावी बनाया जाए इसके लिए कौन से दिव्य उपाय करें इसको भी हम आपको बताएँगे तो दर्शकों अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए दर्शकों बुद्ध जो ग्रह होता है ये विशेष जो है आप ये समझिए कि आपके बुद्धि का होता है आपके वाणी का होता है आपके जो तार्किक शक्ति होता है इसका ये ग्रह होता है मिथुन और कन्या ये दो बुद्ध की राशि हैं इन पर बुद्ध का आधिपत्य है और वाणी के कारक जो है बुद्ध देव माने जाते हैं बुद्ध जो है ग्रह जो हैं ये संचार से रिलेटेड विचारों के आदान प्रदान से रिलेटेड और जो राइटर लोग होते हैं थिंकिंग होती है ये उसका प्रतिनिधित्व तो करते हैं बुद्ध ग्रह का स्वभाव बहुत ही शौम्य रहता है शांत रहता है वाक्यपटता जिनकी बहुत अच्छी है जान जाइए कि उनकी कुंडली में बुद्ध का बहुत ही अच्छा जो है कोई ना कोई योग जरूर बन रहा होगा फिर चाहे वो सूर्य बुद्ध आदित्य योग हो फिर वो भद्र महापुरुष नामक पंच महापुरुषों में योग होता है वो भी हो सकता है तो चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर चलते हैं कि कैसा रहेगा कि बुध का प्रभाव 18 मई से 2 जून के बीच कैसा रहता है तो 18 मई को रात ग्यारह बजकर बयालीस मिनट पर मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं और वृषभ राशि में बुध और सूर्य के साथ आने से बुधादित्य योग भी बनने वाला है तो मेष राशि के जात आपके लिए जो है दूसरे भाव में चूंकि ये विराजमान रहेंगे अतः आपकी वाणी में मधुरता आएगी आप अपने संवाद क्षमता से दूसरों को प्रभावित करने में बहुत हद तक कि सफल हो जाएंगे जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ करके आप बोलेंगे भाई बहनों से आर्थिक सहायता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोई यदि विवाद चल रहा है उसमें आपकी जीत होगी एक बात और बताना चाहेंगे कि जो मेष राशि के हमारे जातक हैं इनको कोई अपने बल पर अपने जो है वाड़ी के बल पर कोई इनको जॉब मिलती हुई नज़र आएगी कोई इंटरव्यू में सफल भी होते हुए नज़र आएंगे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ये बुद्ध का गोचर रहेगा तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा ब्राह्मणों को जो है आपको देसी घी का ध्यान जो है दान देना रहेगा और कोशिश कीजिएगा सर पर सिखा जरूर रखिएगा वृषभ राशि की ओर चलते हैं लेकिन दर्शकों उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये हमारा गोचर आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और जो आपकी चंद्र राशि है उसको आप लोग जो है विचार करके तभी देखिएगा और सिर्फ ये बुद्ध को ही प्रभावी मान करके पूरा राशिफल बताया जा रहा है अन्य ग्रहों की अभी स्थिति यहाँ पर विचारणीय नहीं है तो यदि आपको अपनी जन्मकुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना है तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं तो वृषभ राशि के जात को जो गोचर होगा आपकी वाणी में मधुरता लाएगा और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने निखर के आएगी आपको इस समय एक चीज और बता दें कि आपको दूसरों के साथ नम्रता बिनम्र और उदारवादी होकर के आपको बातचीत करना रहेगा आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से फल फूल फले फूलेगा बढ़ेगा इस गोचर के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी आपका नेम होगा आपका फेम होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे नए प्रेम संबंध आपको स्थापित होंगे और यदि विवाहित है तो आपको जो है विवाह का कोई प्रस्ताव भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा तो करना क्या रहेगा जो सबसे छोटी उंगली है वैसे तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही धारण करिएगा फिर भी यदि आपकी सबसे लिटिल फिंगर है तो उसमें एक आप पन्ना पहन सकते हैं पाँच कैरेट के करीब और मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा बुद्ध का या गोचर तो आपके बारहवें भाव में चूंकि बुद्धदेव गोचर करेंगे इस वजह से आपको सेहत संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं मानसिक तनाव भी रहेगा बहुत ज्यादा काम ना करें वरना इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आएगा खर्चों में बढ़ोतरी होगी विदेश यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं नया घर खरीदने के बारे में में आप सोच सकते हैं अपने ए, क्या कहते हैं अपने घर अपने परिवार में किसी के साथ तो मई में वाद विवाद की स्थिति होती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहे, रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान गणपति अथर्वशीर्ष का आप लोग पाठ करिए वहीं कर्क राशि के लिए जो बुद्धदेव का या गोचर रहेगा तो एकादश स्थान में रहेगा इस दौरान आपको विदेशों से लाभ मिलेगा इस गोचर के दौरान आपके बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा प्रेम संबंधों के लिए मिलाजुला समय रहेगा अपने करीबियों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की आप कोशिश करेंगे और कोशिश कीजिएगा जो कर्क राशि के जाताक है कि गाय को हरा चारा और हरी सब्जी आप लोग अवश्य खिलाइए ताकि बुद्ध देव और अपना शुभत्व जो है फल दे चलिए हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि तो कैसा रहेगा बुद्धदेव का या गोचर सिंह राशि के लिए तो सिंह राशि के चुकी कर्म स्थान से जो है टेंथ हाउस से गोचर करेंगे बुद्धदेव तो आपकी राशि पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहीं पर देखिए बुधादित्य योग बनने वाला है और आप अपनी बुद्धि से अपने कार्य पर बेहतर प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आएंगे कार्य में आपके काम को जो है पहचान मिलेगी और आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे पारिवारिक जीवन काफ़ी आपका सुखमय रहेगा इस दौरान बहुत ज़्यादा आपके अंदर महत्वाकांक्षा तो होगी उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे कोई नई ज़िम्मेदारी मिलेगी कोई नया पद मिलेगा या यदि आप खुद उच्चाधिकारी हैं तो कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको मिल सकती है कैरियर संबंधी आपको जो है तमाम इसमें अवसर आते हुए दिख रहे हैं और भाई बहनों के साथ आप जो है बहुत अच्छा निर्वहन करेंगे फिर भी एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग अपनी कैरियर की कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा सकते हैं उपाय के तौर पर आपको करना क्या चाहिए तो बुद्ध देव का जो बीज मंत्र है इस मंत्र का आप लोग यथा संभव जाप करिए और यदि हो सके तो डेली गाय को आप हरा चारा या मूली का पत्ता हो गया सरसों का साग हो गया कुछ भी हरा हो सकता है इसको आप लोग खिलाइए वहीं कन्या राशि के जो जातक रहेंगे तो बुद्धदेव का जो गोचर आपके नवम भाव से रहेगा और सूर्य भी है भाग्य भाव में है और आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी इस समय आप नाम और पैसा दोनों कमाएंगे भाग्य का जो भरपूर साथ मिलना चाहिए था वो कन्या राशि के जातकों के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है एक पन्ना आप लोग पहन लीजिएगा क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हो, होते हैं देव तो आपको पन्ना यहाँ पर बहुत ज्यादा सूट करेगा चलिए तुला राशि के लिए कैसा रहेगा बुद्धदेव का यह गोचर तो बुद्धदेव आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे जिससे आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है नई चीज़ें सीखने में आपका रुझान बढ़ेगा कई कोई रहस्यमयी चीज़ों की ओर आप जाएंगे आप धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेंगे खास करके ज्योतिष में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा आएगी आपके पार्टनर के साथ कोई तो वाद विवाद हो सकता है कानूनी मामले से धन लाभ होगा यदि आप वकील हैं लॉयर हैं तो इस बीच आप अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर विष्णु साहित्य नाम का पाठ आप लोग नित्य एक दीपक जला करके गाय के देसी घी का तब आप लोग करिए वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुद्धदेव का यहाँ गोचर कैसा रहेगा तो सप्तम भाव से बुद्धदेव का यहाँ जो गोचर रहेगा पत्नी के साथ बात विवाद करा सकते आपकी जो है वाणी के कारण आपके जो है पत्नी के साथ विवाद होगा जीवन साथी के साथ गलतफहमियाँ बढ़ेगी फिजूल खर्ची से बढ़िएगा बिजनेस पार्टनर आपके मुनाफा होगा पार्टनरशिप में आप लोगों को कोई काम नहीं करना रहेगा इस दौरान नए रिश्ते बनेंगे स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा और वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक रहेंगे सेहत संबंधी यदि कुछ परेशानी आ रही है तो कोशिश कीजिएगा कि तुलसी की माला यदि आप लोग धारण करते हैं और नित्य तुलसी का दल का सेवन आप लोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा बुधवार के दिन हरे वस्त्र और हरी सब्जियों का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनुराशि के जात को तो बुद्ध देव का यहाँ गोचर आपके छठे भाव में गोचर करेगा इसका प्रभाव आपकी और आपके पार्टनर की सेहत पर पड़ेगा इस समय आप स्वयं के विवादों में उलझा हुआ पाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं फिजुल खर्ची से परेशान रहेंगे कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे कोई वाहन दुर्घटना का योग बन रहा है ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा करना क्या रहेगा तो जो किन्नर है उनको आप हरी चूड़िया आप लोग दान करिए और कुछ धन भी करना रहेगा तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए बुद्धदेव का यह गोचर जो रहेगा पंचम भाव से होता हुआ नज़र आएगा इसके प्रभाव से आप अपनी बुद्धि से जो है ए, के द्वारा लाभ कमाते हुए नज़र आएंगे उच्च शिक्षा के बारे में यदि आप प्रयासरत हैं तो बाहर जाते हुए नज़र आएंगे कोई नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे आपकी संतान आपके कहने में रहेंगी और आपकी संतान को अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है और उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप देखिए दर्शकों एक काम ये करिएगा कि गणपतिथर्म शीर्ष के पाठ के साथ साथ विष्णु शास्त्र नाम का पाठ आप हाँ लोग जरूर करिए वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए बुद्धदेव का यह गोचर कैसा रहेगा तो बुद्ध देव का यह गोचर आपके जो है चौथे भाव में रहेगा जिसको सुख का सुख का भाव कहते हैं जिससे आपको अचानक लाभ होगा इस दौरान आप नई ए सी फ्रिज वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई नया वाहन कोई भूमि का टुकड़ा आप लोग परचेस करते हुए नजर आएंगे माता की कुछ सेहत खराब होती हुई नजर आएगी आपके प्रयासों से सफलता आ, हासिल होती हुई नजर आएगी करियर में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है चार मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना रहेगा और वहीं संतान की सेहत यदि जो है विचारणीय है चिंतनीय है तो उसके लिए कोशिश कीजिएगा कि गजेंद्र मोक्ष का आप लोग पाठ जरूर करिए तो ये उपाय आपको करना रहेगा तो हमारी जो अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा तो मीन राशि के जातकों को बुद्ध देव का यह जो गोचर रहेगा ये आपके तीसरे भाव में होगा इससे आपकी संवाद क्षमता बेहतर होगी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बेहतर होगी यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको मुनाफा जरूर होगा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि गाय को हरा चारा नृत्य खिलाइएगा इस दौरान बुद्ध के गोचर से छोटी मोटी बिजनेस के संबंध में यात्राएं होती हुई नजर आएंगी भाई बहनों से आपको मदद मिलेगा माता पिता की आपको सेहत का विशेष ध्यान रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं तो मीन राशि के को एक बात और बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप प्रत्याशित आपको लाभ भी हो सकता है आपका जो पराक्रम है ये बहुत करके रहेगा क्योंकि सूर्य देव भी रहेंगे और ग्रहों के राजा है तो यहां पर आपको पराक्रम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा आपको उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिए तुलसी पत्र का नृत्य आपको सेवन करना रहेगा और आप लोग फिटकरी से अपने दांतों को नृत्य साफ करिए तो ये तो था बुद्धदेव का गोचर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि अपनी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा सकते हैं और हाँ दर्शकों हम बताना चाहते हैं आपको कि जून माह में हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है अमृतसर चंडीगढ़ बनारस उत्तराखंड और हिमाचल का है तो इच्छुक दर्शक यदि यहाँ से हैं और हमसे यदि मिलना चाहते हैं तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं हमें पूर्व विश्वास है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बगल में मर जो बेल आइकन है इसको आपने जरूर दबाया होगा दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार